स्मार्टफोन से अंडर थर्टी फाइव थाउजेंड उम्मीद करता हूँ तो बहुत ही अच्छे होंगे तो अगर आपका बजट पैंतीस के आसपास है और आपको चाहिए इस बजट में कोई सा एक बेस्ट परफॉर्मिंग स्मार्टफोन डे टू तो डे यूजेज के लिए हो गया कैमरा सेंटर स्मार्टफोन हो या फिर गेमिंग के लिए आपको कोई सा बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए था तो मैंने आज आपके लिए कुछ स्मार्टफोन को सेलेक्ट किया है जहाँ पे आपको अच्छा खासा फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर मिल जाता है फ्लैगशिप लेवल का कैमरा है डिजाइन हो गया डिस्प्ले और बैटरी लाइफ भी आपको एकदम टॉप नोस देखने को मिल जाती है तो अगर आपको कोई सा बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए इस बजट ट्रेल में प्रो फोटोग्राफी के लिए वीडियोग्राफी लिए के लिए तो मैंने आज आपके लिए सेलेक्ट किया है टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स 35,000। वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं में नंबर पर जो आता है, वो आता है तरफ से मी इलेवन एक्स प्रो अगर आपको शामी की तरफ से आने वाला को ऐसा एक बेस्ट फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन चाहिए था जहाँ पे जितने भी स्पेसिफिकेशन हो वो सब कुछ एकदम टॉप नॉस देखने को मिल जाए तो एक बार आप इस स्मार्टफोन को जरूर चेकआउट कर सकते हैं इसमें आपको मिल जाती है सिक्स पॉइंट की फुल एच डी प्लस वाली एम एल डिस्प्ले एच वाली डॉट डिस्प्ले थ्री सिक्स का टिंग मोटर फिंगर प्रिंट स्कैन है, है, है, mm है, कर है, है वर्क करता है आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉड इलेवन पे आता और 12 पे है और एम आई आई पे वर्क करते हुए आपको देखने को मिल जाएगा फोर्टी फाइव -E हंड्रेड ट्वेंटी एम एच ई बैटरी है जो की सपोर्ट करती है थर्टी थ्री वोट के फास्ट चार्जिंग को ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें से प्राइमरी कैमरा आपको वन हंड्रेड एट का मिल जाता है और जो सेंसर यूज़ किया गया है वो है सैमसंग का एच एम वाला सेंसर दूसरा कैमरा एट मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइक शूटर और तीसरा कैमरा फाइव मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर और टेलीफोटो जूम लेंस है फ्रंट में भी आपको ट्वेंटी मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाएगा एट के तक आपको रिकॉर्ड कर सकते हैं सुपर स्लो मोशन पे वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन भी मिल जाता है डुअल एटमोस के डुअल स्पीकर मिल जाता है एक्स एक्स लीनियर मोटर है एल पी डी आर फाइव की रैम स्टोरेज है और अगर बात करें प्राइसिंग की तो एट रैम प्लस वन रोम वाला वेरियंट आपको मिल जाता है थर्टी में। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे लिए नंबर फोर्थ में जो स्मार्टफोन आता है हुआ आता है रियलमी की तरफ से रियलमी जीटी तो अगर आपको कोई रियलमी का स्मार्टफोन चाहिए था जहाँ पे एकदम फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर और कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी हो तो जीटी के साथ जा सकते हैं अगेन इसकी प्राइसिंग आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाती पर अगर बैंक ऑफर लगा के आप इस शेयर में परेस करेंगे तो थर्टी फाइव के आसपास इसकी प्राइसिंग आपको देखने को मिल जाएगी अगर आपको अर्जेंटली कोई सा स्मार्टफोन परचेस करना है तो आप जीटी नियो टू को भी परचेस कर सकते हैं बात कर लेते हैं रियलमी जीटी के स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको मिल इंच एचडी प्लस वाली सुपर एमलेट डिस्प्ले 120 ट्वेंटी का रिफ्रेश रेट मिल जाता है 360 सिक्स का टच सैप्लिंग रेट है 8.4 पॉइंट mm फोर के थिकनेस मिल जाती है 186 ग्राम वेट है, 3.5 एम mm का ईयरफोन चेक भी है 3D ग्लास बॉडी के साथ आता है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है बात कर लेता प्रोसेसर के आपको मिल जाता है कॉलकॉम का स्नैप ड्रगन वाला है फ्लेक्शी फाइव प्रोसेसर जो की फाइव नाइनोमीटर के आर्किटेक्चर पे वर्क करता है एटीनो का सिक्स वाला जीपी हो फोटी फाइव की बैटरी है जो की सपोर्ट करती है सिक्सटी फाइव के फास्ट चार्जिंग को ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें से प्राइमरी कैमरा आपको 64 मेगापिक्सल का मिल जाता है और जो सेंसर गया है, है सोनी का आई एम एक्स एट टू वाला दूसरा कैमरा मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाई शूटर और तीसरा कैमरा मिल जाता है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर। फ्रंट में भी आपको सिक्सटीन मेगा का सेल्फी शूटर मिल जाएगा फोर कहते वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं डोल एटमोस्फेर डबल स्टेडियो स्पीकर है जी टी मोड मिल जाता है फॉर मैक्सिमम प्रोसेसिंग एलपीडी के राम में यूफे सीपन के स्टोरेज है और अगर बात करें प्राइसिंग एट जीबी रोम वाला वेरियंट आपको मिल जाता है थर्टी रुपीज में। उसके बाद बात कर लेते हमारे लिए स्मार्टफोन आता है वो आता है मोटोला की तरफ से मोटो एच ट्वेंटी फो नो डाउट इस बजट में बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है जहां पे आपको फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है टॉक एंड्राइड के साथ आता है क्लीन यूआई मिल जाता है और यूजर एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है इसमें आपको मिल जाती है सिक्स पॉइंट सेवन इंच एच प्लस वाली एमोलेट डिस्प्ले वन फोर्टी का रिफ्रेश मिल जाता है एच डी प्लस वाली डिस्प्ले है फोर फिफ्टीन इच की ब्राइटनेस है साइड मोटर फिंगर प्रिंट है सेवन पॉइंट नाइन थिकनेस मिल जाती है बात लेता है प्रोसेसर के जिसमें तो मिल जाता है फोर्टी फाइव हंड्रेड एम एच की बैटरी जो की सपोर्ट करती है थर्टी के फास्ट चार्जिंग ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें से प्राइमरी कैमरा आपको वन हंड्रेड का मिल जाता है अल्ट्रा पिक्सल टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है दूसरा कैमरा सिक्सटीन मेगा का अल्ट्रा वाई शूटर और तीसरा कैमरा एट मेगा पिक्सल का टेलीफोटो जूम लेंस है फ्रंट में भी आपको थर्टी टू मेगा पिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाएगा एट के तक के वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं फिफ्टी एस तक सुपर जूम का ऑप्शन भी मिल जाएगा थिंग सेल का सिक्योरिटी आईपी फिफ्टी टू का वाटर प्रूफ वाला सर्टिफिकेशन है और अगर बात करें प्राइसिंग की तो एट जीबी रैम प्लस 120, आपको में थर्टीडी हमारी लिस्ट में, लिस में नंबर सेकंड पे स्मार्ट फोन आता है वो आता है इस बजट में आपको अगर कोई कैमरा सेंटर स्मार्टफोन चाहिए था आपको ब्लॉगिंग करनी है आपको प्रो फोटोग्राफी प्रो वीडियोग्राफी करनी है जहाँ पे जो वीडियो ना वो अल्ट्रा स्मूथ है कोई भी जीटर ना है कोई भी जग ना है वीडियो में तो आप एक बार विवो X60 को जरूर चेकआउट कर सकते हैं वैसे तो आप आई XR को परचेज कर सकते हैं अगर आपको कैमरा सेंटर स्मार्टफोन ही चाहिए इस बजट में बात कर लेते हैं सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स इंच की फुल एच प्लस वाली एमलेट डिस्प्ले वन ट्वेंटी का रिफ्रेश मिल जाता है सेवन पॉइंट फोर थिकनेस है वन ग्राम पेड है इन डिस्प्ले फिंगर प्रिंट स्कैन मिल जाता है बात करते हैं प्रोसेसर के स्टैप ड्रेगन एट सेवेंटी वाला एक फ्लैश फाइव ये प्रोसेसर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्राइड 11 पे आता है और फ्रंट पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा फोर्टी थ्री हंड्रेड एम की बैटरी जो सपोर्ट करती है 33 थ्री के फास्ट चार्जिंग को ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें से प्राइमरी कैमरा आपको 48 मेगापिक्सल का मिल जाता है जो सेंसर यूज किया गया है, वो है सोनी का आई वाला सेंसर दूसरा कैमरा मिल जाता है थर्टीन मेगा का वाइड एंगल शूटर तीसरा कैमरा मिल जाता है थर्टी मेगा का फिफ्टी एम mm पोर्ट्रेट लेंस फ्रंट में भी आपको थर्टी टू का सेल्फी शूटर मिल जाएगा अल्ट्रा स्मूथ फाइव एक्स स्टेबिलाईजेशन मिल जाता है फोर तक के वीडियो को रिकॉर्ड सकते हैं एक्सटेंडेड रैम का ऑप्शन भी है जहाँ पे आप थ्री जीबी तक एक्स्ट्रा अपनी रैम को एक्सपेंड कर सकते है। है। है तो तो बात बात हैं हमारी लिस्ट में नंबर वन पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है आइको की तरफ से आइको नाइन एस ए बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है हाल ही में इंडिया में लॉन्च हुआ है क्यूँकी आइको ने विवो का ही सब ब्रांड है तो यहाँ पे आपको कैमरे की क्वालिटी भी टॉप मोस्ट देखने को मिल जाती है और कहीं ना कहीं जो आईको नाइन सीरीज है ना वो गेमिंग यूजर्स के लिए बनाई गई है सबसे पहले बात कर लेते हैं आईको नाइन ए सी के स्पेसिफिकेशंस की इसमें आपको मिल जाती है 6.62 फुल एच प्लस वाली एमलेट डिस्प्ले 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेटर थ्री हंड्रेड एच का रेट है ट्वेल्ल हंड्रेड की पिक ब्राइटनेस मिल जाती है डुअल चिप मॉस्टर है जहाप ड्रेगन का ट्रिपल वाला फ्लैग फाइव प्रोसेसर मिल जाता है और दूसरी चिप मिल जाती है इंटेलिजेंट डिस्प्ले जीवा आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉड ट्वेल्व पे आता है और फ्रंट पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा फोर्टी फाइव की बैटरी है जो की सपोर्ट करती है सिक्सटी सिक्स के फास्ट चार्जिंग को ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें से प्राइमरी कैमरा आपको 48 मेगापिक्सल का मिल जाता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाई का भी सपोर्ट है दूसरा कैमरा मिल जाता है 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइट शूटर तीसरा कैमरा मिल जाता है 2 मेगापिक्सल का मोनो शूटर और फ्रंट मेंिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाएगा फोर्टी ग्रम लिनियर वाइब्रेशन मोटर है लिक्विड कुलिंग चेम्बर है एक्सटेंडेड रैम का ऑप्शन भी मिल जाता है जहाँ पे आप फोर तक अपने रेम को एक्स्ट्रा एक्सपेंड कर सकते हैं फाइनली बात कर लेते प्राइसिंग एट प्लस वन रोम वाला वेरियंट आपको मिल जाएगा थर्टी थ्री तो दोस्तों ये हमारी इसके टॉप फाइव बेस्ट स्मार्टफोन जिसकी प्राइसिंग थर्टी फाइव थाउजेंड के आसपास देखने को मिल जाती है तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग या फिर कंपनी के अकॉर्डिंग किसी भी स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हैं अगर आप किसी भी स्मार्टफोन को परचेस करेंगे तो आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी और दोस्तों आज की वीडियो को बस इतना ही मैं उम्मीद करता हूँ की आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा आज का वीडियो पंद आया हो तो हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय